कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर पाठ्यक्रम में इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग की एक अन्य जटिल समस्या को देखेंगे जिसमें एक वाक्य में कई शब्द हैं दोहराने के लिए हम कैर टाइप एरे का यूज करके स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन का अध्ययन कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह सी में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किया जा सकता है विशेषकर अगले सत्र में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल लाइन में फर्स्ट और सेकेंड नेम को किस तरह अलग किया जा सकता है अब हम इस प्रकार की समस्या को हल करने का सामान्य तरीका देखेंगे समस्या है कि बहुत से वर्ड वाले सेंटेंसेस को किस तरह इनपुट किया जाए ये वर्ड्स एक या अधिक ब्लैंक स्पेसेस द्वारा अलग किए हुए हैं नोटिस करें कि शुरुआत में या अंत में भी ब्लैंक स्पेस हो सकती है हमारा काम हर वर्ड को अलग करके उसको उपयुक्त एरे में स्टोर करना है हमें सभी वर्ड्स को साथ ही वर्ड के काउंट को भी प्रिंट करवाना है। विचार करने वाला सवाल यह है कि हमें ये भी नहीं पता कि वह कितने वर्ड्स है तो क्या ये सही होगा कि हम हर वर्ड के लिए अलग से नेम को असाइन करें इस समस्या को हल करने के लिए अप्रोच है हम इनपुट सेंटेंस को क्या में रीड करेंगे उदाहरण के लिए सेंटेंस 200। हम उम्मीद करते हैं की सेंटेंस वन कैरेक्टर से कम ही लंबा होगा हमें नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं मालूम और इसलिए हम नेम एरे को हर वर्ड के लिए इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते हम ये करेंगे कि इसके बदले हम वर्ड्स को टू डायमेंशनल एरे में स्टोर करवाएंगे कैर वर्ड फिफ्टी टू ध्यान दें कि यह टू डायमेंशनल एरे 50 वर्ड के लिए उपलब्ध है वास्तव में फोर्टी के लिए प्रत्येक रो का उपयोग एक वर्ड को स्टोर करने के लिए होता है नहीं वास्तव में यह एरे पूरे फिफ्टी वर्ड्स के लिए प्रोवाइड होता है परंतु प्रत्येक वर्ड में ज्यादा से ज्यादा 199 कैरेक्टर्स हो सकते हैं याद रहे कि रो का उपयोग एक वर्ड स्टोर करने के लिए होगा हर वर्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग है और बैक 0 द्वारा टर्मिनेट होना चाहिए तो वर्ड में अधिकतम 199 कैरेक्टर हो सकते हैं जो अप्रोच हम यूज करेंगे ये वही है जो हमने पिछली बार किया था हम दिए गए सेंटेंस में एक बार में एक कैरेक्टर को स्कैन करेंगे चलो देखते हैं क्या होता है जब हम स्कैनिंग शुरू करते हैं तो यहाँ सैंपल सेंटेंस है हेलो ब्लैंक वर्ल्ड ब्लैंक हाउ ब्लैंक आर ब्लैंक यू कुछ ब्लैंक ये बैक स्लैश जीरो वास्तव में हमारे इनपुट ऑपरेशन द्वारा इंसर्ट होता है हमारा इनपुट सेंटेंस बैक स्लैश एन के साथ एंड होता है जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है या जब आप एंटर प्रेस करते हैं परंतु इसे बदला जा सकता है हमारे गेट्स फंक्शन को बैक स्लैश जीरो के साथ यूज करके इसलिए हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू एक सेंटेंस जिसमें सभी जगह ब्लैंक है बीच में और बाहर भी कुछ इस तरह दिखेगा हम सेंटेंस के साथ क्या करना चाहते हैं हम पहले तीन ब्लैंक्स को इग्नोर करना चाहते हैं और वर्ड के जीरो थ्रो में हेलो को उसकी सही जगह पर रखना चाहते हैं तो H E L L O के बाद बैक स्लैश जीरो हम पुनः आगे के ब्लैंक्स को इग्नोर करेंगे जब तक हम सेकेंड वर्ड से एनकाउंटर नहीं हो जाते ये वर्ड है वर्ल्ड जिसे हम वर्ड के फर्स्ट रो में डालना चाहते हैं हाउ को सेकंड रो में रखेंगे आर को थर्ड रो में यू को फोर्थ रो में रखेंगे तो जीरो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ रो का उपयोग किया जाएगा क्योंकि वह एग्जैक्टली फाइव वर्ड्स है अंत में हम आइटरेशन से बाहर आ जाते हैं और हम सभी वर्ड्स को प्रिंट करवाते हैं जिसे हमने अभी तक खोजा है ये आपको कुछ डिटेल्स देगा कि हम किस तरह प्रोग्राम डिजाइन करते हैं मैंने यहां वर्ड सेंटेंसेस को पुनः रिप्रोड्यूस किया है कृपया नोट करें कि इस सेंटेंस में कई वर्ड्स हैं और इसमें कई ब्लैंक्स भी हैं अब मैं इस सेंटेंस को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करने जा रहा हूं इस तरह इस प्रोसेस में जब भी मैं कैरेक्टर के वर्ड से इनकाउंटर होता हूँ जो कि लगातार नॉन ब्लैंक कैरेक्टर है मैं इसे वर्ड्स एरे की एक रोम में रखता हूँ यदि वह ब्लैंक्स है मुझे इग्नोर करने की जरूरत है तो जब हम सेंटेंस को स्कैन करते हैं चलो कहते हैं कि इंडेक्स i को यूज करके जो कि इनिशियली जीरो है हम जो करेंगे वह है आइटरेशन के अंदर ब्लैंक को इग्नोर करेंगे यदि हम ब्लैंक से इनकाउंटर होते हैं सिंपली इग्नोर करें इसे और स्कैनिंग को कंटिन्यू रखें कहीं ना कहीं हम नॉन ब्लैंक कैरेक्टर के पास आएंगे जब हम नॉन ब्लैंक कैरेक्टर को चेक करते हैं हमें इसे करेंट वर्ड में डालना चाहिए तो बेशक करंट वर्ड इस वर्ड के लिए वर्ड काउंट या कैरेक्टर काउंट को सही तरीके से इनिशियलाइज करना होगा क्योंकि हम टू डायमेंशनल एरे का यूज कर रहे हैं तो करंट वर्ड इंडेक्स द्वारा इंडिकेट किया गया होगा जो कि जब वर्ड बदलता है तो वर्ड के डिफरेंट रो को रेफर करता है वर्ड में ही हम कैरेक्टर काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं जो की प्रत्येक वर्ड के लिए मेंटेन होता है यदि नॉन ब्लैंक कैरेक्टर के बाद ब्लैंक आ रहा है यहाँ देखें ओ इस ब्लैंक के बाद आ रहा है करेंट वर्ड खत्म हो जाता है हेलो, खत्म हुआ। जब ये होता है, हम करंट वर्ड में बैक स्लैश जीरो अगले वर्ड के लिए हमें कैरेक्टर को पुनः काउंट करना शुरू करना है हम इंक्रीमेंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स को जो कि नम वर्ड्स वेरिएबल में स्टोर्ड है और हम अगले वर्ड को शुरू करते हैं नोटिस करें कि नम वर्ड्स को टू डायमेंशनल एरे वर्ड के लिए इंडेक्स के रूप में यूज किया जा सकता है क्योंकि यह नंबर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ एक प्रोग्राम है जो कि सेंटेंस के सभी वर्ड्स को अलग कर देगा ध्यान दें ट्रेडिशनल स्टाइल कमेंटिंग पर स्लैश स्टार के बाद स्टार स्लैश ये हमें मल्टीलाइन कमेंट लिखने की अनुमति देता है ये कहता है की प्रोग्राम जो की नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करता है और प्रिंट करता है ये सभी स्पेसिस को वैलिडेट करता है मतलब यह पहले की बाद की और सेंटेंस के बीच की सभी स्पेसेस को इग्नोर करता है और फाइनली सभी वर्ड्स और वर्ड काउंट को प्रिंट करता है ये लगभग इंक्लूड स्टेटमेंट के इनिशियल डिक्लेरेशन है नेम स्पेस और इंटीजर मेन फंक्शन हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इनपुट लेते हैं वेरिएबल्स सेंटेंसेस होते हैं जो की कैर एरे का एक सिंगल सेंटेंस है वर्ड मैट्रिक्स जो कि 50 रो और 200 कॉलम की है इंट आई इंडेक्स है जिसे हम सेंटेंस के स्कैनिंग के लिए यूज करेंगे Character count, हर वर्ड में काउंट है। Length, num words, num words, words है। नंबर ऑफ वर्ड्स और सबसे पहले तो ये जीरो से, से सेट है। मैं स्ट्रिंग एंटर करता हूं. ये स्ट्रिंग गेट स्टेटमेंट यूज करके रीड की गई है और अब मैं सेंटेंसेस को स्कैन कर रहा हूँ तो ये मेजर आउटर स्कैन है जिससे कि मैं सभी वर्ड्स को असम्बल करवाने वाला हूँ फॉर i इक्वल जीरो सेंटेंस i नॉट इक्वल टू बैक स्लैश जीरो नोटिस करें कि मुझे इस सेंटेंस की लेंथ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं पूरे सेंटेंस जब तक कि बैक स्लैश जीरो कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता तब तक स्कैन करूंगा कृपया नोट करें कि एक बार मैं इस लूप के अंदर किसी भी पॉइंट में जाता हूँ मैं सेंटेंस के आयथ कैरेक्टर को खोज रहा होता हूँ चलो देखते हैं कि मैंने आयत कैरेक्टर के साथ क्या किया जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम डिजाइन में आउटलाइन किया है यदि आयत कैरेक्टर ब्लैंक है मैं सिंपली अगले आइटरेशन से कंटिन्यू कर दूंगा जिसका अर्थ है मैंने ब्लैंक को इग्नोर किया यदि आयत कैरेक्टर ब्लैंक नहीं है जिसका अर्थ है मैं नॉन ब्लैंक कैरेक्टर से एनकाउंटर हुआ हूँ जो की करेंट वर्ल्ड में इंसर्ट होना चाहिए तो मैं क्या करूँ सेंटेंस का अस्थ कैरेक्टर को मैं कैरेक्टर काउंट में इंसर्ट करता हूँ जो कि नम द्वारा इंडिकेटेड है जब मैं इसे फिनिश करता हूँ तो मैं कैरेक्टर काउंट को एक से इंक्रीमेंट करता हूँ सामान्यतः मैं और कैरेक्टर असेंबल करने के लिए वापस आऊँगा हालांकि मैं चेक करता हूँ कि अगला कैरेक्टर ब्लैंक है या अगला कैरेक्टर बैक स्लैश जीरो है ये इस वर्ड के अंत को इंडिकेट करता है चलो पिछली स्लाइड में वापस जाते हैं और एग्जामिन करते हैं कि हमारा मतलब क्या है कृपया नोट करें कि यदि यह नॉन ब्लैंक कैरेक्टर था जिसे कि मैंने अभी करंट स्कैन में इंसर्ट किया है अगला कैरेक्टर ब्लैंक है अगला कैरेक्टर यहां ब्लैंक है जब भी यह होता है मेरा करंट वर्ड खत्म हो जाता है और इसलिए मैं ये करता हूँ की यदि सेंटेंस का आई एलिमेंट ब्लैक या स्लैश जीरो है तो मैं प्रेजेंट वर्ड को टर्मिनेट कर देता हूँ जिसका अर्थ है करंट पोजीशन में जो कि कैरेक्टर काउंट पोजीशन है मैं बैक स्लैश जीरो को इंसर्ट करता हूँ ये वर्ड टर्मिनेट हो जाता है तो अगला वर्ड शुरू हो जाता है मैं नंबर ऑफ वर्ड्स नम वर्ड्स को इंक्रीमेंट करता हूँ और मैं कैरेक्टर काउंट को जीरो रीसेट करता हूँ क्योंकि सेकेंड वर्ड जो कि वर्ड मैट्रिक्स का सेकेंड रो है कैरेक्टर काउंट न्यू वर्ड के लिए जीरो वन टू थ्री फोर से शुरू होगा मुझे यही करने की ज़रूरत है जब मैं इसे फिनिश करता हूँ मैं यहाँ बाहर आ जाऊँगा ये इस एक्सप्रेशन का अंत है और जब मैं यहाँ आ जाता हूँ मैं पूरे स्कैन को फिनिश कर चुका होता हूँ नोटिस करें कि कितने अच्छे तरीके से सेंटेंस के सिंगल स्कैन में मैंने सभी वर्ड्स को जो कि सेंटेंस के अंदर ब्लैंक्स द्वारा सेपरेटेड थे को कलेक्ट करने में समर्थ हूँ मुझे जो करना है वह है कि मैं नंबर ऑफ वर्ड्स को आउटपुट करवाता हूँ जो कि वेरिएबल नम वर्ड्स द्वारा दिया गया है और उन प्रत्येक वर्ड्स के लिए मैं सिंपली वर्ड्स आई को आउटपुट करता हूँ नोटिस करें कि वर्ड टू डायमेंशनल एरे है परंतु C++ समझ जाता है कि यदि मैं सिर्फ वर्ड आई को पुट करता हूँ इसका मतलब आई थ्रो है क्यूँकी आई थ्रो वैलिड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है सी मुझे इसे नेम वर्ड्स के साथ वन डायमेंशनल एरे के रूप में यूज करने की अनुमति देता है यह आइथ वर्ड को आउटपुट करेगा आई वेरी करता है जीरो से नम वर्ड्स तक मैं अपने सभी वर्ड्स को प्रिंट करा चुका हूं सारांश में हम अब C प्लस प्लस में कैरेक्टर स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं रियल लाइफ में हालांकि हमें उन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को हैंडल करने की जरूरत होती है जो कि लार्ज टेक्स्ट फाइल का पार्ट होती है विचार करें हमारे प्रोग्रामों के बारे में C प्लस प्लस कंपाइलर को इन प्रोग्राम को हैंडल करना चाहिए जो कि कुछ नहीं सिर्फ टेक्स्ट की लाइन्स हैं और ये न सिर्फ ब्लैंक स्पेस बल्कि बहुत से सिम्बल को कंटेन करती है सेमिकोलॉन एंड और लेस दैन ग्रेटर दैन हमें कुछ विशेष प्रोग्राम तकनीक की जरूरत है जो कि इस प्रकार के टेक्स्ट को हैंडल कर सके जो सभी प्रकार के सिंबल से भरा हुआ है हर एक का अपना महत्व है कंप्यूटेशनल एक्सरसाइजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रेडशीट में डेटा के उदाहरण को देखें जो कि टेक्स्ट फाइल की तरह सेव किया जा सकता है जिसे कि सी एस कहते हैं ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मैट है हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को इंक्लूड करेंगे जो कि इस तरह की जरूरत को इलस्ट्रेट करते हैं हम नोट करेंगे कि हालांकि जब हम लार्ज टेक्स्ट को हैंडल करना चाहते हैं बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे वर्ड्स को रखती है पंक्चुएशन मार्क्स आदि हमें जानने की जरूरत है कि फाइल्स को सी प्लस प्लस में किस तरह हैंडल किया जाता है ये एस्पेक्ट हम कोर्स के दूसरे भाग सी में कवर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद